काम को करना चाहिए वो एक किया है। गोबर, है गोबर के हैं इनमें एफए बीज हैं हैं हैं यार पहली बार देखेंगे जी एफए बीज ये में काम आते किसमें के लिए है से ही ये गौ गाय के गोबर से बने हुए दीपक आते हैं हाँ। और वहीं से जो गाय का घी आता है उसी से यहां पे यमुना आरती है। होती है अब तो तक यमुनाई को नहीं मनाया जाएगा जी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं ब्रज को बचाने में ब्रज के मैं जो संत थे महाप्रभु चेतन जी ये जो उन्होंने ब्रज को बचाया तो हमारे धर्मग्रंथों को नष्ट किया जन्म स्थान का ये मस्जिद है और जी। जी। तोड़ी जी गोविंद जी की दिल्ली से दीपक जत्ता था और दिल्ली से दीपता था गोकुल है वृंदावन है ठाकुर जी जब कंस को मारने के लिए आए वृंदावन अखरूर जी, जी।, जी लेके आए तो ठाकुर जी इसी मार्ग पे आए इसी मार्ग में बड़े बड़े सघन बन हुआ करते थे कम्स किला इसका उदाहरण है कि ये स्थान वही है क्योंकि पांच हजार साल के अपे हैं मगर उजड़ गए उन्हें इन वन उपनों को संरक्षण करने के लिए यमुना मिशन संस्था है जिसके फाउंडेशन है मिस्टर प्रदीप बम्फल जी उन्होंने यहाँ से लेके अखरूल घाट तक ऐसे अष्टमकी वन यमुना वन उपवन ऐसे करके प्राचीन पौराणिक जो नाम है उनके स्वरूप फिर उन्हें का पजन किया है उन्हें उदय किया है जो फसल एक रुपया की पर चंदा नहीं लेती है किसी पर दान नहीं लेती है उन्होंने किया है यमुना जी की भक्ति की अवल निर्मलता के लिए नालों का मुख्य मोड़ा है नालों को बंद किया है जो काम सरकार को करना चाहिए वो एक संस्था ने किया है जगह जगह आरती हो रही है या सुबह और शाम नौघाट पर भी आरती होती है और तो वो आरती अद्भुत होती है आप भी शाम को सात बजे आइए देखिए आरती का भी अपने रूप में डालिएगा तो जी जी सही मथुरा का जो पौधिक स्वरूप है यमुना मिथन संस्था को जो देश के मूलधन संत हैं काशनी गुरु फर्णानंद जी महाराज मलुक पीठा दीपर लायनराज जी महाराज गीता मनी जी ज्ञानानंद जी महाराज और तिया बाबा महाराज पथमेड़ा के अद्भुत गौभक्त संत हैं दत्त फर्णानंद जी महाराज पथमेणा राजस्थान में हैं। उनको पे और जमुना जी से बहुत लगाव है जमुना जी के लिए वह पूर्ण रूप समर्पित हैं ध्वजवाभियों को हमेशा कहते हैं यमुना शुद्ध होगी तो जीवन बचेगा पर्यावरण वच्छ लगेंगे यमुना के पुलिन पर यमुना के तट पर तो ध्वजवाहियों का जीवन सुखी में होगा फसल रहेगा व तो रहेगा आपके पीछे कुछ हम आरती से जुड़ी हुई सामग्रियाँ देख रहे हैं जी तो ये यहाँ जो यमुना आरती होती है उसी से जुड़ी हुई सामग्री जी जी अब आरती की तैयारियां चल रही है शाम को सात बजे शाम को सात दिवस जो है तो आरती है जी। मैं करता हूँ आरती मैं स्वयं आरती करता हूँ और यहाँ तैयारी करते हैं हम दिन भर लोग तैयारी करते हैं अपने हाथों से चंदन घिखते हैं माला बनाते हैं बत्ती बनाते हैं अमनियाँ करते हैं इनको साफ दिखाएँ करते हैं उसके बाद शाम को यमुना का पाठ होता है प्रार्थना होती है यमुना जी का स्तुति होती है और यमुना जी की आरती होती है जैसे कंस का जो किला है वो पाँच साल पहले से ही पुराना किला है आप तो यहाँ पर सिर्फ उस कंस किले के अवशेष ही शेष बचे हुए हैं। तो लगभग कितना देख सकते हैं कितना अभी बचे हुए ऐसा है कम से का इसका जीर्णोद्वार कई बार हो गया एक बार राजा जयपिंग ने इसका जीर्णोद्धार कराया जी। उसके बाद ये अभी 25-30 साल पहले जब अटल जी की सरकार थी तो राज्य सभा फॉर्म हाउस हुआ करते थे दीनानाथ मिश्र जी इसके ऊपर के ये बड़े बड़े तोड़े आपको दिख रहे हैं ये बड़े बड़े तोड़े दिख रहे हैं ये बड़ा विशाल तोड़ा दिख रहा है ऐसे ही तोड़े लग रहे थे, तो थे तो वो गिरने लग गए थे यहाँ के स्थानीय लोग एक कैश पाठक की हुआ करते थे और हम चार पांच लोग उनपे मिले दीना नाथ मिश्र जी पे तो यहाँ के सांसद थे नहीं यहाँ के नहीं थे राज्य सभा के सांसद ग्वालियर पे वो हुआ करते थे अटल जी की सरकार थी मिले उन्होंने उनको उन्हों उन्हों वो यहाँ लुके हैं एक दिन अच्छा। जी राष्ट्रीय फिल्म स्वयं संघ का कार्यालय है जी उत्तर भारत का सबसे बड़ा कार्यालय हुआ करता था यहाँ अटल जी कु ठाकरे जी।, जी।, जी और बहुत बड़े बड़े जो लीडर हुआ करते थे संघ में जुड़े वो आते थे रुकते थे प्रवास तो करते।, तो करते थे राज्यसभा सांसद दीनानाथ जी वो भी रुके हैं तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति से अवगत उन्होंने डेढ़ करोड़ रुपया दिया इसके लिए इसका ये जीर्णोद्वार जो हुआ वो तो दीनानाथ जी की निधि हुआ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमें किशोर जाना पड़ेगा थोड़ा सा ये के के कोई है? बारे में ये यह यहाँ पर बहुत सारे जैसे छोटे छोटे दीपक हम देख रहे हैं तो कितने दीपक हैं संख्या में अगर हम बात करें सौ सवा सौ की संख्या में एक जी दीपक हैं जो श्रद्धालु आया यमुना के लिए आरती हैं जी बड़ी आरती तो लिप्त होती है जी मैं शैलेन्द्रमा जी गौघाट यमुना मिशन आरती मुखिया में जी यमुना विफल के, के जी, होती है, जी, फिर के लिए है ये छोटे अच्छा ये छोटे फिर वाले जो है श्रद्धालु आते हैं हाँ, आरती में अपनी हिस्सेदारी हाँ, दर्ज कर हाँ, ये दीपक है, है ये श्रद्धालु है मुझे अक्ष है मुझे बाहर के लोग आते हैं उनके लिए है ये व्यवस्था करती है छोटी आरती है ये कान्हा जी का जमुना जी यमुना जी का जमुना ये यमुना जी छोटी जी। और महाप्रभु जी है महाभ जी हैीमनाथ जी हैं ये यमुना है, जी हैं चंदन सेवा होती है ये बत्ती बनती है बस्तियां बनली है कुछ जी। दीपक लाओ हाँ ये देखिये ये अद्भुत दीपक दीपक लाओ दिखाइए ये दीपक कच्ची मिट्टी से बनाया गया गोबर जी, जी, पहली बार देखेंगे। जी देख सकते हैं की ये काफी हल्के होते हैं डूबते हाँ, नहीं होंगे पानी में और ये गाय के गोबर से बनाए जाते हैं तो ये भी एक अलौकिक एक अद्भुत चीज कही जा सकती है यमुना तट पर जो देखेंगे इसके अतिरिक्त तो जो है तो ये नहीं उपयोग होते कह सकते हैं नहीं यहाँ मतलब अच्छा। हाँ। तो इनका निर्माण आप लोग के द्वारा ही नहीं, किया जाता है आते हैं ये अच्छा जीत नंदी महाराज के लिए आने में कैसे भी आता है। जी पथमेड़ा का गौ भी आता है जी। उफी की है। अच्छा तो यहाँ मतलब यहाँ की जो एक रीति है एक रिवाज एक है पथमेड़ा से से ही ये गाय के गोबर से बने हुए हैं। हाँ। और वहीं से जो गाय का घी आता है उसी से यहाँ पे यमुना आरती होती है ये लगभग कितने वर्षों से चल रही परंपरा है चल रही है चलती आ रही है बीच बीच में कुछ ऐसे भिन्न आए बीच में थोड़ा डिस्टर्ब और मगर निरंतर चल रही है हाँ, श्री कृष्ण की लीला है और भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटानी है अच्छा। हाँ। भगवान प्रसन्न नहीं होते है जी जब सुबह प्राते जमुना जी जग जाती है जब द्वारकाधी मंदिर की मंगला आरती होती है जमुना जी की मंगला हो जाती है जी और शाम को जमुना जी की मंगला पहले हो जाती है जब यमुना की संध्या आरती होती है जी। चतुर्थ पटरानी है ना जी तो जब पहले वो जगेंगी जब ठाकुर जी जगेंगे बिल्कुल और जब वो हो जाएंगे जब वो होएंगी। ये बहुत अद्भुत बात बताई आपने तो। ऐसा वृक्ष का भाव है जी और इस भाव को मानते हैमुना जी सर्व सिद्धि मतलब सर्व कल्याण करने वाली है यमराज यमराज की है, फनी की है, की बहन बहन है, है, है, पुत्री और कौन नहीं डरता है बिल्कुल। फनी कौन नहीं डरता है जी। तो उन बरदान है कि जो यमुनाई का ध्यान देगा जो यमुनाई का पान करेगा उसको यम की फांप से फां फाँफ मतलब यम के प्रकोप प्रकोप से बचाना कुछ नहीं होगा जी। तो ऐसा यमुना महाप्रभु बल्लभा जी, जी ने अपने यमुनाष्टक में भी कहा है जी तो महाप्रभु बल्लभा जी विद्वान संत हुए जैसे महाप्रभु बल्लभा जी चेतन महाप्रभु मूल धर्म जो संत आए उन्होंने ब्रज को बचाया बिल्कुल सनातन धर्म को बचाया अन्य विलुप्त हो गया सब जैसे मुस्लिमों बद्धों का था। जी मथुरा में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध कहलाता है जी मगर आज वो लहर है और आज भी मथुरा कृष्णमय है यहाँ की रग रग में यहाँ के कड़क में श्री कड़ कड़ कृष्ण निवास आगा रहते हैं ने तो हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट किया। जी यहाँ पर जो जन्म स्थान है श्री कृष्ण जी का उसके बगल में भी मस्जिद बनी हुई है उस बारे में क्या कहेंगे देखिए ने के मंदिरों को ही तोड़ा तोड़ा और जी, जी, और लूटा अब कुछ बचा फिर बचे वो आपके सामने है जन्मस्थान का ये मस्जिद है और जी, जी, तोड़ी जी, जी, जी की दिल्ली से दीपक जत्ता जता और दिल्ली से दीपता था तो ये भाव है जी, सब समय समय की बात, है।, बात है लेकिन कृष्ण लीला उधारी हैं और उनकी लीलाए तो उनका प्रेम ब्रज को भी माथे पे भगवान ने लगाया जी। जो ब्रज में देव है दुनिया में कहीं नहीं है जमुना जी और गिर जी दो साक्षात देवता है जो दीप थे तो बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राधी आदि